वली के पहचानने के लिए करामत शर्त नहीं है करामत एक जरिया है ज़रूरी नहीं है कितने कितनेौलिया हैं जिनकी करामत हमारे तक नहीं पहुंची लेकिन वो अल्लाह के वली हैं सबसे बड़े वली इस उम्मत के सहाबा थे उनमें से कितने की करामत हमारे पास पहुंची है लेकिन हम उन्हें अल्लाह का वली मानते हैं तो ये कोई शर्त नहीं है शर्त ईमान और तकवा है और बाकी अदीस में मुख्तलि उनकी अलामतें बताई गई हैं अल्लाजी जो ईमान और तकवे से मुतसफ़ बंदगा खुदा की एक अलामत यह है जब तुम उनकी सोहबत में बैठो तुम्हें खुदा याद आ जाए अल्लाह की याद आने लगे तो करामत मिलायत नहीं है और शर्त विलायत भी नहीं है थोक के हिसाब से मार्केट में बहुत सारे लोगों की जाली करामत मौजूद हैं तो अलिया के लिए हम अकीदत और मोहब्बत के जज्बात रखते हैं तो फिर मार्केट में दो नंबर भी इसका आएगा और हमें पता है गजाई अजनास से लेकर के अद्वियात तक और दीगर जरूरियात ज़िंदगी तक के असल क्या है और नकल क्या है तो हमें इसमें भी गौर वफिक्र करना चाहिए कि असल क्या है और नकल क्या है ना ये कि हम चंद बदतिनत लोगों की वजह से हकीकत का इनकार करते हैं तो आज भी कुछ लोग हैं जो कहते हैं जी छोड़ो हम नहीं मानते करामतों शरामतों को इस तरह के लफ्ज़ बोलते हैं जबकि करामत का मिन हैसुल करामत इनकार कुफ है अगर कोई कहे मैं करामत को ही नहीं मानता तो ये कुफ्र है वो करामतें जिनका बयान कुरान मजीद में मौजूद है जिसका आसफ़ बिन बरख़िया का तख्त बिल्किस लाना हज़रत मरियम सलामुल्ल के हजरे में बे मौसम फलों का आना अब कहाफ का तीन सौ से जायद साल का अरसा सोए रहना खाए पिए बग़ैर और रब उनकी करवटें भी बदलता रहा ये कुरान में मजकूर है तो इसका इनकार भी कु है कुरान का इनकार लाजम आता है अगर किसी करामत का बयान हदीस मुतवा में हो तो उसका इंकार भी कुफ है लेकिन ऐसी कोई करामत नहीं जिसका जिक्र हदीस मुतवा में हो अलबा अदीस मशहूरा और अहादीस अहादि में करामत का बयान मौजूद है तो उनका इनकार भी गुमरा ही है जिस तरह वो तीन लोग जो जुगार में फंस गए थे उन्होंने फिर दुआएं की और पत्थर हटा जुरेज का वाक्य मौजूद है सिहाबा की करामा मौजूद हैं हजरत उम्र के रुके से दरियाए नील का चलना इस्ता जो मुसलमा बुजुर्ग हैं उनकी कराम का इनकार करना महरूमी है लेकिन ये बात भी जहन में रखें कि करामत अल्लाह की तरफ से बंदे को दी जाने वाली एक इज़्ज़त है लेकिन वली की ज़िंदगी का मकसूद रज़ा इलाही की तलब है करामतों की तलब नहीं लेकिन अमूमी तौर पर हमारे स्टेजों के ऊपर अलिया के हवाले से जो बात की जाती है बस आप सुनने के लिए बैठे हैं और ख़ीब साहब ने कान पे हाथ धरा और दो चार कर रामते सुनाई और चले गए मैार बताया ही ना जिसके नतीजे के अंदर बहुत सारे अवाम इससे गाफिल होते हैं मैं अल्लाह का शक्र अदा करता हूँ कि हमने हमेशा इस बात का इल्तज़ाम किया है कि लोगों के सामने पूरी तस्वीर रखें चूँकि मुझे इस बात का एहसास है कि आप लोग कितनी मेहनत करके कहां कहां से चल के आते हैं पूरे पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में हम जहां गए हैं हमारे सामने जो लोग आके बैठते हैं ज़्यादातर तबका बाशूर लोगों का होता है तो फिर हमारी ज़िम्मेदारियाँ और ज़्यादा बढ़ जाती हैं कि हम जो है वो उनके सामने वो बात करें जो बात करनी चाहिए इस मेम्बर से आपको वो चीज़ नहीं मिलेगी जो आवाम की डिमांड होगी वो चीज मिलेगी जो अवाम की हकीकी जरूरत होगी इस पर मैं भी अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं इस पर आपको भी अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए और ना ये कुछ दो नंबर लोगों के रद्द अमल में हम हकीकत का इनकार करते हैं जिस तरह वो तजला कर रहे हैं और एक तबका वो है जो रतबो याब्स को कबूल कर रहा है और आपने ऐसे शख्स ऐसे लोग अच्छे इंसान भी नहीं है लोगों को देखा है कि उनको वली मान रहे हैं और उनसे अपनी हाजतें तलब कर रहे हैं उनको हादी मान रहे हैं मुर्शिद मान रहे हैं वो शख्स जो खुद आशना भी नहीं है वो तुम्हें मंजिला आशना कैसे करेगा मैं कितने लोगों को जानता हूं जिनको फहमे दीन ही मुयसर नहीं है ये मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा जो मूह हैं और बिल्कुल नंग धड़ांग उनकी बात नहीं कर रहा जो बाज़ाहिर गुल में भी हैं उनका फहमे दीनी नाके से कितने ऐसे उलामा को जानता हूं उनकी तोहिद का तस्वर नाके से तो यह बदबखती होती है अब वो क्या किसी की रहनुमाई करेंगे जो खुद डूब रहा है वो किसी का हाथ कैसे पकड़ेगा लेकिन अवाम जाहिर है उनके गिरदायर उनका कारोबार चमक रहा है और करामते हैं कि थोक के हिसाब से बनती हैं और फिर इसकी मार्केटिंग करने वाले भी होते हैं और फिर उसी बुनियाद पर ही जो है वो उनका सारा सिलसिला चलता है अल्लाह के वली ये नहीं चाहते कि हमारी करामत ज़ाहिर हों और लोग हमारी तरफ लपके हमारी करामत की वजह से ये नहीं है अलकराम हैज़ुर रिजान जिस तरह औरतें अमाम मखसा को छुपाती हैं अल्लाह के वली भी छुपाते हैं वो नहीं चाहते कि हम इस हवाले से जो है वो पहचाने जाए बाकी दौरे मौजूद के अंदर किसी सालह मुतकी शख्स की कोई ऐसी बात सामने आए तो शरीय के मीज़ान परखा जाए अगर वह शरीत से मुतदम नहीं है तो मान लेने में कोई हरज नहीं है लेकिन अगर किसी की समझ में नहीं भी आता तो फर्क नहीं पड़ता लेकिन किसी वली से कोई दुश्मनी ना रखे जो किसी वली से दुश्मनी रखे तो अल्लाह फरमाता है उसका मेरे साथ एलान जंग है तो वो फिर शख्स महरूम कर दिया जाता है